जैसा कि हमने अपने इन्वेस्टर्स को बताया था 20 से 25 के रेंज में एक सॉलिड बाउंस बैक लग रहा है ठीक वैसा ही हुआ स्टॉक में लग गया है अपर सर्किट नहीं रुकेगा अब ये स्टॉक 125 के भाव तक टेक्निकली अगर ये स्टॉक यहां से बाउंस करता है तो अब रैली नॉनस्टॉप चलेगी नए टारगेट देखने को मिलेंगे फंडामेंटली इस स्टॉक का टारगेट ढाई का अभी भी इंटेक्ट है जी हाँ हम बात कर रहे हैं एन एस स्टॉक छत लाइन लिमिटेड की जिसका मौजूदा भाव पच्चीस का है और हमारा रिसर्च इसका लॉन्ग टर्म टारगेट ढाई का दे रहे हैं दोस्तों ध्यान रहे कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर रातों रात नहीं बनता है समय लगता है हम इस कंपनी के रिसर्च के बाद और इनके अनाउंसमेंट को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आने वाले समय में ये काफी बनने वाली है की। हमारा बताता है। दोस्तों इंडिया में कोई भी लिस्टेड कंपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट में है उसका मार्केट कैप दो करोड़ से कम नहीं है जबकि छुट्टी सिर्फ एक सौ तीस करोड़ का है इससे आप अनुमान लगा ही सकते हैं की इसमें कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है हम बताते हैं कि कंपनी क्या करती है चितेज पॉलीलाइन इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एंड एक्सपोर्टर है लेमिनेशन इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के इनके प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सलवास में है और काफी बड़ा है जहाँ पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल से लेके शुरू कर फिनिश प्रोडक्ट तक सब इनहाउस मैन्युफेक्चर होता है इसकी एक झलक इस वीडियो में भी दी गई है इनकी फैक्ट्री और जमीन खुद की है जिसकी वेल्यूशन काफी ज्यादा आकी जा रही है इस कंपनी में लगभग 500 सौ काम करते हैं इनके पोनेशियल पर अगर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% है और प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है इनके प्रोडक्ट इंडिया के अलावा मिडल ईस्ट और यूरोप में भी एक्सपोर्ट होते हैं अब आते हैं उन करोड़ों पर जिससे इस स्टॉक का फंडामेंटल टारगेट ढाई का बताया जा रहा है आप एन वेबसाइट पर इनके द्वारा दिए गए कार्पोरेट अनाउंसमेंट पर अगर नजर डाले तो ग्यारह अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस किया था की कि एक बड़े रूप में ई कॉमर्स में जा रहे हैं इनकी एमएनसी जैसे वॉलमार्ट, दो हजार करोड़ का हो जाएगा इसके अलावा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये भी है की कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकल वेस्ट एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कदम रखने वाली है क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट को कलेक्ट करना उसको ट्रीट करना और प्रॉपर डिस्पोज करना इसके अलावा वो प्रोसेस डेवलप करना है या कर कर देना जिससे प्रोडक्शन में कम वेस्ट प्रोड्यूस हो और अगर हो तो उसे रियूज और हो सके इंडियन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उस, करना बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो रिसोर्स वेस्ट होंगे और प्राइस बढ़ेंगे और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा देखिए हमारे देश में एनवायरमेंट की समस्या चाहिए सरकार के साथ मिलकर के कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है जो कंपनियां वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं उनको भारत गवर्नमेंट की तरफ से काफी सब्सिडी मिलती है इंडियन गवर्नमेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी एग्रेसिव है सेक्टर को डेवलप करने में उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से इस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ ऐसी काफी बड़ी सब्सिडी मिल सकती है एक बहुत बड़ा फायदा है इन्वेस्टर्स को लिस्ट सेक्टर में बहुत कम कंपनिया है जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है इस बिजनेस में कंपनी एक शेयर के पीछे 30 से 50 रुपए कमाने की उम्मीद कर दी है इसलिए वो 10 एकड़ की जमीन ले रही है जिसका जिक्र इन्होंने एनएससी के दिए गए अनाउंसमेंट में किया है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बड़ा पैसा बनाएगा दोस्तों ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है उन्हें रेगुलर अपडेट रखने के लिए इसलिए पब्लिक बिल्कुल न करे हालांकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी पॉजिटिव है फिर भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका निजी है सोच समझकर इन्वेस्ट करें धन्यवाद